Man is heaven. जो करेन इनको जुदाम जब नहीं है हम जी गे हरेगे ते वतन तेरे लिए ज़िंदगी तो बस अपने ही दम पे जी जाती है दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं अब हमारे दिल में